दोस्तों सबसे पहले इस बच्चे की फ़ोटो को देखिए इस बच्चे का फ़ोटो जो है ना वो फ्लैश लाइट को ऑन करके लिया गया है क्योंकि इस फ्लैश लाइट ऑन करने की वजह से ये बच्चा अपनी आँख बंद कर लेता है और बाद में रोने लगता है अब जो लोग ये फ़ोटो खींच रहे हैं ना उनको ये नहीं पता है कि इस बच्चे की आँख में फ्लैश लाइट बढ़ने से इस बच्चे का आँख खराब हो सकता है इस बच्चे का अभी अभी जन्म हुआ है और भी इसका जन्म हुआ कुछ ही दिन हुआ है तो आप सब लोग कभी भी किसी बच्चे का फोटो खींचें जो भी जिसका भी जन्म हुआ है तो उसका फ़ोटो खींचते समय एक बात का ध्यान जरूर रखें कि उसमें फ्लैश लाइट का उपयोग ना करें या किसी भी टॉर्च का उपयोग ना करें और बच्चे की आँख में किसी भी प्रकार की सीधी लाइट या टॉर्च फ्लैश लाइट कुछ भी नहीं पड़ना चाहिए इससे बच्चे का आँख खराब होने की संभावना ज़्यादा रहती है और अगर आपकी आँख में कोई फ्लैश लाइट डालता तो इससे आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती उसी प्रकार इस बच्चे के आँख में जिससे फ्लैश लाइट डालकर फोटो खींचा गया है ना इस जिससे इस बच्चे को वो ज़्यादा दिक्कत है तो आप सब लोग को बताना चाहता हूँ कि कभी भी फ्लैश लाइट का उपयोग करके किसी भी बच्चे का फ़ोटो मत खींचे